गई आप लोग कैसे हो आज हम जाएंगे चाउमिन खाने फलसा जंगल की तरफ से रास्ते से जाना पड़ेगा आप देखते रहिए हम जा रहे हैं अभी हम लोग आ गए हैं इधर अभी हम इधर आ गए हैं ये मेरा भाई ये देखो बना रहा है, है देखो. आ मेरा देखो, रहा है। देखो।, देखो मेरा भाई देखो बना रहा है अभी मेरा भाई बना रहे हैं हमारे चाउमीन इसने वो वना को भी अंडे डाले हैं ये हमारा चाउमीन अभी पक रहा है ये ज्यादा टाइम नहीं हाँ? रहेगा हो गया है अब इसमें मसाला माद मसाला डालेंगे ये सुबह है काय उड़ी क्या हो रहा गुड़ आएगी ये पुनीर आओ मन ताकि तेल मोनो गिर जाए कर लो सॉरी मनी प्रोड्यूस था कहना जी कहां नहीं चल साल से हम दो का ऊपर जा रहा है थोड़ा से उठा रहा हूं हम हम जिधर आए हैं इधर मुर्गी भी बहुत है देख लो चाहिए तो तीन सौ रुपया हमारे रेडी हो, हो रहा है ये हो गया हमारा चाउमीन अभी खाएंगे ऊपर है टेस्ट अगले वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करना कमेंट करना बाय